मशवरा दे के टूटे ख्वाबों को कुछ ऐसे जोड़ दूँ खुदा या फिर कफन की सफ़ेद सीत चादर ओढ़ लूँ साथ हो हम सफर जिंदगी को अजीम मोड़ दूँ मोहब्बत की झूठी हकायतें या उन्हें छोड़ दूँ